अगर आप रजिस्टर है पहले से ही तो आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आप यहाँ भूल गए हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड को तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे तो इस स्टेप पर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू है कार्ड अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है ट्वेल्व डिजिट का वो आप यहाँ पर दो बार फिल करेंगे आप मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है आपका अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर करना क्या है आपको नो करना है और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आई सेलेक्ट कर सकते हैं चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो पैन कार्ड हो पासपोर्ट हो वोटर आई हो कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे अगर फ्रेंड्स यहां पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे ये दो दो बार आपको एंटर करनी होगी जैसे आपका यहां पर नाम आपको एंटर करना है तो ये भी आप दो बार एंटर करेंगे दो बार एंटर करने का मतलब यही है फ़ायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी इसके बाद है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं नहीं तो नो करेंगे इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं इस भी आपको दो बार एंटर करना है उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये भी दो बार आप एंटर करेंगे इसके बाद है आपका डीओबी सेक्शन डेट ऑफ बर्थ सेक्शन जो कि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा तो यहां पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां से कर सकते हैं और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे दो बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ टैन की डिटेल ये ध्यान रखिएगा आप चाहे फॉर्म सी का भरें एम का भरें या फिर आपको जेई का भरें कुछ भी फॉर्म भरें स्टेनो का भरें आपको रजिस्ट्रेशन में टेन की डिटेल ही फिल करनी होती है इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये सेम आपको दो दो बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा इसके बाद आपको ट्वेल्थ टेंथ का सॉरी रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है आपने इसको कब पास किया है ये सब दो, दो बार आप एंट्री करेंगे आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप सेलेक्ट करेंगे अब अगर और अगर, अगर आप मान लीजिए तो आप वैसे ही सीजीएल के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे पर अगर फ्रेंड्स आप टेन प्लस टू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप टेन प्लस टू सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद टेन प्लस टू की वैकेंसी टेन की वैकेंसी होंगी उसमें आप एप्लीकेबल होंगे अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन अगर यहां सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप सीजीएल हो गया सी एच एस एल हो गया एम टी हो गया जेई हो गया या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे तो अकॉर्डिंग आप, आप यहां पर अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन तो टेन डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहां डालेंगे और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक ओटीपी आती है वह ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉग कर पाएंगे इसलिए यह डिटेल्स आप बिल्कुल सही सही फिल करेंगे स्टेट या यूटी आप यहां सेलेक्ट करेंगे आप जहाँ के भी निवासी हैं और उसके बाद यहां से इसको सेव कर देंगे सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो आपको एक यहां पर पहली बार कर लेते हैं आपको पर आपका करना होगा, और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है आप जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर एक नंबर एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना जरूरी है ये ध्यान रखिएगा स्पेशल कैरेक्टर नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैम्पल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज कर लिया जरूरी नहीं स्टार्टिंग में आप यूज करें जहाँ भी यूज करना चाहे वो आप कर सकते हैं इसके बाद कोई भी स्पेशल करेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहें वो कर लीजिए बस आपका ये ध्यान रखिएगा आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम आठ करैक्टर का का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स यहां यहां पर आपको आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है है और उसके बाद बाद से सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इसके आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा आप यहां से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉग कर लेंगे लॉग करने के बाद फैन से देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल अब यहां पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता आपको यहीं पर ही चूज करना होता है अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्प्लाई कर रखा है तो आपको वो मोडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया कभी भी का मतलब है कि जिस भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस Complete हो चुकी है और आपका मोडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहां पर रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं तो यह चीज ध्यान रखिएगा अगर मोडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे जनरल ई डब्लू एस जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है तो आपके चेहरे हाथ पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो या फिर आपके कोई कट का निशान हो बन का निशान हो कोई चोट हो तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो no मार्क दे देंगे इसके बाद यहीं पर ही आपको सिलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते सिंपली नो ही रहने देंगे और ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहां पर देना होगा अब यहां पर बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं इसके बाद आपका पूरा एड्रेस जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहां लिखेंगे मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स से यहां पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे इसके बाद आपका पिन कोड आप यहां फिल करेंगे अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप येस पर क्लिक कर सकते हैं अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सीएमएस पर क्लिक कर देंगे इसके बाद फ्रेंस आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है पहले इसमें होता क्या था आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे। पर अब यहाँ पर यह बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत सी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे इसलिए फ्रेंड उसके बाद से यहां पर नई सुविधा चालू कर दी है अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन तो फॉर्म तो जरूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए जरूरी नहीं है वो ई मेल पर आए जिसमें भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहां पर डालेंगे इस कैप्चा कोड को यहां पर डालेंगे और उसके बाद फैन से यहां पर दिए गए सबमिट टेप पर क्लिक कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुँच गई होंगी अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफ़िकेशन का तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है और दो बार आपको मैग्जिम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जो इसका डैशबोर्ड है यहां पर कांस्टेबल जीडी का जो ये फॉर्म है वो आपको लिंक मिल जाएगा और यहां पर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद फेन से यहाँ पर देखिए जो आपकी बेसिक जानकारी है वो आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेंगी अगर आप एक सर्विसमैन मैन है तो यस कर सकते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ जॉइनिंग और आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज आप बताएंगे नहीं तो आप इसमें नो करेंगे अगर आपने यहाँ पर कभी बेनिफिट लिया है एक्स सर्विस के तौर पर तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं एज में अगर आपको रिलेक्सेशन चाहिए तो क्यों चाहिए वो आपको बताना होगा नहीं तो आप इसमें नो करेंगे एन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं टाइप ऑफ एन सर्टिफिकेट आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे इसके बाद है एग्जाम सेंटर तो आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए रीजन वाइज एग्जाम सेंटर दिए गए हैं आप जहां पर भी अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहें वो आप सेंटर को चूज कर सकते हैं जो भी आप सेंटर यहां लेना चाहेंगे वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट ऑफ डोमशियल क्या है आप किस स्टेट के निवासी है उसको आप दो बार यहां पर फिल करेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट तो आप किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो आपको कंफर्म करना है इसके अलावा अगर आप माइग्रेंट हैं अनदर स्टेट या यूटी के तो आप यहां पर येस या नो कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है स्टेट या यूटी ऑफ ओरिजन तो फ्रेंड्स यहां पर अगर आप 6.2 वाले पैरा को अगर यहां पर फुलफिल करते हैं तो ही आपका ये ऑप्शन मिलेगा इसके बाद है फ्रेंड्स यहां पर देखिए नक्सलेंस तो कैसी रहेगी कोड दिए गए हैं आपको यही कोड यहां पर फिल करने है तो यहां पर फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कोड देना चाहे वो दे सकते हैं और यहां पर फ्रेंड्स चाहे तो सारे पोस्ट जो भी आपको कोड दिए गए हैं वो सारे आप यहां पर फिल कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर अपनी प्रेफरेंस को वेरीफाई करेंगे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है तो आप यहां पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है दसवीं बारहवीं या ग्रेजुएशन जो भी आप यहां पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद है डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर टेंथ स्टैंडर्ड या फिर इक्वलेंट टेंथ आपको सेलेक्ट करना होगा इसके बाद स्टेटस है पास या फिर अपेयरिंग तो आप अपेयरिंग भी सलेक्ट कर सकते हैं आपका जो ये ऑप्शन है ये बंद रहेगा अगर आप पास कैंडिडेट हैं तो पास सेलेक्ट कीजिए स्टेट या यूटी टी ऑफ बोर्ड और नेम ऑफ द बोर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद आपका रोल नंबर परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग से भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे इसके बाद फ्रेंड्स अगर अपने डाटा को आप विजिबल करना चाहें यस कर सकते हैं नो करना चाहें नो कर सकते हैं नीचे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फोटो अपलोड का तो अपलोड फोटो विद डेट प्रिंटिंग ऑन इट तो आपको फोटो ऐसी अपलोड करनी है जिस पर डेट प्रिंट हो तो आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर इस फोटो को देख रहे होंगे अगर नाम वाली फोटो है तो नाम वाली अगर बिना नाम की फोटो है तो बिना नाम वाली तो आप कैसे भी यहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हैं ऐसे ही आपको सिग्नेचर यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपलोड करना है इसके बाद कौन सी डेट आपने यहाँ पर मैंशन की हुई है फोटो पर और यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी फोटो क्लियर शो कर रही है या बताएंगे इसके बाद एग्री करेंगे यहाँ से फ्रेंड्स इस कैप्चर कोड को फिल करेंगे उसके बाद यहाँ से प्रिव्यू चेक करेंगे प्रिव्यू सेटिस्फाई होने के बाद ही आप इसे सबमिट कर पाएंगे इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए अब आपको प्रोसीड करना है पेमेंट करने के लिए तो आप यहां पर अपना जो प्रिंट है वो भी अपना यहां पर निकाल कर रख सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स आप प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए आप दिए गए यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पेमेंट करना चाहे पेमेंट कीजिए सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आपको रिडाइट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स अभी ये वर्किंग में है मतलब साइट अभी अंडर मेंटेनेंस है उसके बाद जब आपका साइट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा चालू हो जाएगा सही ढंग से तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से पेमेंट कर पाएंगे इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका पेमेंट अगर कट जाता है आपके अकाउंट से तो अपने पेमेंट स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं डबल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से अपना प्रिंट निकाल पाएंगे और इस प्रिंट निकालने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की कॉन्स्टेबल जी का जो फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस के बारे में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालस थैंक्स फॉर वॉचिंग